टनिकल चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं फिर से आपके सामने एक न्यूज़ लेकर के आया हुआ हूं जिसके बारे में कैंडिडेट्स काफ़ी परेशान हैं अब हम देखेंगे कि आईटीआई प्रमोशन नहीं तो परीक्षा भी नहीं जिनको नहीं मिला ग्रेस मार्क उनकी परीक्षा डिटेल्स आ चुकी है अब हम देखेंगे देखिए जिन भी कैंडिडेट्स को ग्रेस मार्क मिलना था उन सभी कैंडिडेट्स को ग्रेस मार्क मिल चुका है क्योंकि वे ग्रेस मार्क की कैटेगरी में आ चुके थे जो कि एनसीबीटी ने डिक्लेयर किया हुआ था कि सेशन 2018 और 2019 के फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट्स के अगर ट्रेड थ्योरी में 22 से 26 के बीच नंबर हैं 22 से 26 के बीच में है और ई और और वर्कशॉप कैलकुलेशन में 12 से 16 के बीच में है तो ऐसे सभी कैंडिडेट्स को प्रमोट कर दिया गया है और उन सभी कैंडिडेट्स का रिजल्ट भी डिक्लियर कर दिया गया है अब काफ़ी कैंडिडेट्स की क्वारी है कि सर मेरा रिज़ल्ट अभी तक अपडेट नहीं हुआ है और जबकि सभी का अपडेट हो गया है देखिए आपको ये चीज़ क्लियर समझ लेना चाहिए अगर अभी तक आपका रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ है या फिर आप प्रमोट नहीं हुए हैं तो जाहिर सी बात क्लियर है कि आप प्रमोशन के कैटेगरी से बाहर हो चुके हैं इस कारण से अभी तक आपका रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ है तो आप परेशान बिल्कुल भी ना हो जैसे ही आपका सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का शिड्यूल आएगा आपको मेरे चैनल के माध्यम से जानकारी उपलब्ध हो जाएगी और आप अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखें देखिए ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम जो है मई मंथ्स में तो कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है हाँ ये हो सकता है जून या जुलाई मंथ्स में अगर होना होगा तो शेड्यूल जारी किया जाएगा नहीं तो आपका सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम अब सीधे जुलाई अगस्त के बाद में ही होगा क्योंकि जुलाई अगस्त में जो एग्ज़ाम होने हैं वे सेशन दो और 2021 वाले कैंडिडेट्स का लिया जाएगा जो कि रेगुलर ट्रेनिज हैं उस बीच में भी आपका सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम नहीं कराया जाएगा ठीक है सिर्फ आपके बीच में दो ही मंथ्स हैं जून और जुलाई क्योंकि मई तक तो लैपटॉपर ट्रेनिंग के एग्ज़ाम चल रहे हैं ठीक है इस तरह से मुझे उम्मीद है कि मैंने जो जो चीज़ें आपको बताई है अब आप क्लियर समझ गए होंगे कि आपका रिजल्ट क्यों अपडेट नहीं हो रहा तो आप लोग समझ जाइए कि इस कारण से आपका रिजल्ट अभी तक अपडेट नहीं हो रहा आप प्रमोशन की श्रेणी में नहीं आए हुए हैं और जो कैटगरिया था उस कैटगरिया को आपने पार नहीं किया हुआ है जैसे कि आपके ट्रेड थ्योरी में अगर 22 से 26 के बीच में होते तो आप प्रमोट कर दिए जाते और वर्क शॉप कैलकुलेशन और ई में अगर आपके बारह से सोलह नंबर के बीच में होंगे तो सत्रह करके प्रमोट कर दिया जाता लेकिन आप इन कैटेगरी में नहीं आए होंगे इस कारण से अभी तक आपका रिजल्ट अपडेट नहीं किया गया है और एक शर्त और थी उन्हीं कैंडिडेट्स को प्रमोशन मिलने के लिए बोला गया था जो कि प्रैक्टिकल और इंजीनियरिंग ड्राइंग में पास होंगे सिर्फ उन्हीं को प्रमोशन करने के लिए बोला गया था लेकिन बाद में एक न्यूज़ और आई जिसमें यह बोला गया जो भी कैंडिडेट्स ई सब्जेक्ट में बारह से सोलह नंबर के बीच हैं उन कैंडिडेट्स को भी प्रमोट की श्रेणी में रख दिया गया है और उनका भी रिजल्ट अपडेट कर दिया गया है ये तो हो गई प्रमोशन को लेकर तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग इस सवाल को नहीं करेंगे कि मेरा प्रमोशन का रिजल्ट अभी तक अपडेट नहीं हुआ है तो आपको मैंने बता दिया है आप उस कैटेगरी में नहीं आए हुए हैं इस कारण से आपका रिज़ल्ट अपडेट अभी तक नहीं हुआ है अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो